बटर स्कॉच सबसे बेस्ट आइसक्रीम है भाई सबसे अच्छी है। इसको बताओ कोई जाके अरे अरे सुनो सुनो कोहली भैया बटर स्कॉच भी अच्छी वेला भी अच्छी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बटर स्कॉच खाएगा तब तेरे को पता चलेगा कि वो बेस्टीर भाई कुल, कुल गंभीर भाई कुल, कुल, कुल, कुल अरे जाने दो ने भाई खिला देंगे अरे अभी खा के देख अभी खाके देख बटर स्कॉच तू अभी यही पे खा के देख फिर बोलना की कौन सी बेस्ट है आइसक्रीम है बात करता है अरे ठीक है ना यार देंगे उसको। अरे ऐसे कैसे अब भी कहा बटर स्का बेस्ट है मैं बता रहा हूँ अरे दोनों को कुछ कहने कहने लगे नहीं, नहीं।